कभी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ के पीछे बात करते हैं। इसका सीधा है कि आप उनसे दो कदम आगे हैं शांत रहिए है और मुस्कुराते रहिए यह काफी है आपसे चलने वालों को और जलाने के लिए प्यार में लोग इतने मजबूत हो जाते हैं कि दुनिया से भी लड़ जाते हैं और इतने कमजोर हो जाते हैं कि एक इंसान के बिना रह नहीं पाते हैं जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतने दुख दे कि आंखें भर जाए और फिर वही पूछे कि क्या हुआ और आपको मुस्कुरा कर कहना पड़े कि कुछ नहीं